छतरपुर में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी कार में पन्ना घराने के पांच लोग सवार थे जिनमें से दो लोग घायल हो गए फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है गढ़ा के पास नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी कार में पन्ना राज घराने के पांच लोग सवार थे जिनमे से दो राजकुमारियां घायल हो गयी बताया जा रहा है यह राज परिवार पन्ना महाराजा राघवेंद्र सिंह के निधन में शामिल होने जा रहा था उसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी जिसके कारण यह हादसा हुआ फिलहाल दोनों घायल राजकुमारियों का अस्पताल में इलाज जारी है जानकारी लगी थी कि पन्ना राजघराने के परिवार के ही कुछ सदस्यों का गढ़ा के पास जयपुर से आते समय एक्सीडेंट हुआ है ये परिवार पन्ना महाराज के शोक में सम्मिलित होने जा रहे थे जो की कल पहुंचना था इनको किसी हालत में और रास्ते में इनका गाड़ी से दुर्घटना ग्रसित हुई है गाड़ी उसमें इनके परिवार के चार पांच सदस्य थे जिनकी स्थिति अभी सबकी नॉर्मल है कुछ चोटें आई हैं कुछ एक मरीज के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है कुछ टाँके लगे हैं एक मरीज हैं जिनको गर्दन में चोट आई है उनका सी स्कैन करवाया जा रहा है कंडीशन को एसेस किया जा रहा है और उसके बाद उपचार चालू हो गया है सबका वो खबरें जो आपके काम की है